बेटियों में वो कौन सबसे अलग है? बेटियों में बेटियों में वो कौन सबसे अलग रे दुख तर हे अम बिया हैबा बाबा नारे तकबीर बहुत खूबसूरत मतलब जिंदाबाद खूबसूरत से बाबा बाब्तरे हे जवा या नदी आप सब तभी बोले दे दिया जिंदगी दीन को मिली तो कहा जिंदगी दीन को मिली तो कहा जिंदगी सुनिए मैदाने कर बला है जा दे दे दे दे। नारे तदबीर नारे सालत खानदान से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उस्तादुल शोरा ताज रजा औरंगाबादी गुस्सल किसको दिया परिश तो ने गुसल किस दिया फरीश ने उसल किसको गुस्सल किसको दिया फरीश ने आबे कहो सर से हंजला है जवाब आबे कहो सर हम जला है जवाब थान अगर सवाल हो तुम थान अगर सवाल हो, भी भी हो, भी हो भी तुम।, भी तुम थान लिए रजा है जवाब तुम्हारे लिए रजारे जमे नारे सालक सर जमीन दरियापुर खतीब हिंदुस्तान कारी निशान साफ किबला आना चाहिए पूरे क़लाम शेर आखरी। आज भी कौन राह पर है मेरा देखिए एक भी कितना बड़ा काम कर रहा है आज भी कौन राह पर है मेरा आज भी फखरे अजहर, फखरे अजहर का मकबरा अरे ताज भाई माशाल्लाह बाबा बरा नारे पीर नारे रि इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत फैदाने ताजू शरीबा उर्से हजूर मुजाहिदे मिल ताज मशहूर तू हुआ कैसे ज मशहूर तू हुआ कैसे ताज मशहूर तू ताज मशहूर तू हुआ कैसे तेरे मां बाप की दुआ दो है जवाबी आप आ, अब है। सब सभी बो ने दे दिया है जवाब सरकार मुजाहिद की बारगाह में चंद इतना ताजा है कि आज ही हुआ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں صلی اللہ علیہ والہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ای والیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلامتیہ فلاں صل والسلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی